की को फिर में में मेरे सामने बस्ती बस्ती हो गई गरीबेगा तू नहीं लेकिन आएगा सुरानी कभी तो किसी की दुल्हनिया बनूंगी मुझसे शादी करोगी का का का का हस्ती हस्ती की से आता लोगों है तो तो बाल तो प्रेसी लो गलती मैंने एक मैं हो गया